अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में स्कैरब स्पाइडर और बीटल दिखाई दे रहा है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए दो ऑप्शन बी आठ ऑप्शन सी सात या ऑप्शन डी चार आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए